के लिए इतनी सुरक्षा तो उन्हें हमारी दीदी से सीखना चाहिए हमारी बहन से सीखना चाहिए कि अगर आप दाराई फेल रहते ना तो आपको ज्यादा सुरक्षा दिया जाता है क्योंकि यहाँ बताइए यह ऐसे ऐसे लोग को इतना सुरक्षा दिए जाना जबकि जिनके जान पर इनको खतरा अपने स्टेटमेंट की वजह से उल्टा सीधा कुछ भी बोल देती है कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई अब बंगाल चौपट हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा ये हो जाएगा भाई साहब दस साल से वही शासन कर रही थी पांच साल में और कुछ ना होने वाला है इलेक्शन हाँ, ये बात अलग है कि ममता बनर्जी अगर हार जाती तो पूरी अमेरिका सिंगापुर सब पीछे हो जाते बंगाल का से में हो जाता। भारत की वापस तो, बंगाल इतना कि भारत से भी आगे चला जाता हम भारत सरकार से से आग्रह करते हैं कि हमारी फेल दीदी के लिए इस तरह से हम लोग स्कॉट की व्यवस्था रखें और चारों ओर से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हमारी दीदी को ले जाया जाए क्योंकि भारत उनके बिना अधूरा है वो बहुत जरूरी वैज्ञानिक है कोई में इतना पावर जो नहीं लगेंगे तो क्या होगा और स्पेशली हम मांग करते हैं एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर चलने चाहिए किस दिन काम आएंगे और स्पेशल अनुरोध है कि अलग से पांच रफाल जहाज मंगाएंगे और जहां जहां हमारी दीदी जाए, उसके आगे उनको केवल जेट प्लस सुरक्षा दी जाएगी बताइए ये जरूरी है सीरम इंस्टीट्यूट वाले को आधार पुना वाले को बहुत जरूरी है सिपाही दे दीजिए बहुत हो गया यहाँ पर ये कमेंट में बताइए कि क्या हमारी दीदी को इतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उनके बिना देश अधूरा हो जाएगा उन्हें सुरक्षा ये मिलनी चाहिए खैर दीदी को ये सारी सुरक्षा दी जाएगी आप अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगाइए वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है आई हो जाय